चंद्रेक क्या करते तो नहीं 500 500. कितना है अच्छा टुटें nice. कर <laughs> दिए दो दिए। दिए दो दिए। नाम क्या इजी इजी चलो अब दोनों घुटने मोड़ो अपनी तरफ रहे हो हाँ। मेहनत है इसका मतलब क्या है साइड तो थोड़ा तो तो तो तो हम तो ये तो समझ आ गया लेकिन इसका हमें है इसमें तो देखा इसलिए पूछ हाँ। ये मोटा है, हाँ। हाँ। ये ये है। हाँ। क्यों है ना मेरे लिए तो जीरो पॉइंट जीरो जीरो हाँ। जितना आसान है आपसे सारे ये सवाल पूछना आप कैस करके बताओ क्यों है क्योंकि आप अपनी बॉडी भी देखते हो क्यों होगा क्या है क्यों नहीं, नहीं तो होगा कुछ ऐसा हो सकता है शरीर में जो ऑटोमेटिकली तुम, तुम अपना दिमाग को तो कंट्रोल नहीं, नहीं कर, कर, कर सकते कर सकते हो बोल सकते हो बट इतना नहीं कर सकते की ग्रोथ वो कर सकते हाँ जी हाँ जी हाँ जी ये ऑटोमेटिक का जवाब तुम है हाँ जी बहुत सिंपल है अपने पाँव देखो उसको मोड़ के रखो तब देखिएगा ना देखियो फ्लैट फिट कोई आज क्या है नहीं। फीट का टायर। अच्छा पंचर पंचर ठीक है और ना बीच में गड्ढा होता है गड्ढा होता है हाँ। गड्ढा नहीं है ठीक है यह है तुम्हारा लेफ्ट हाँ। वाला देखो ये भी फ्लैट है बहुत कम फ्लैट है, हाँ, है। उन्नीस का हाँ, फर्क है उन्नीस बीस का फर्क है ठीक है इसका काम क्या होता है ये ये भी फ्लैट नहीं आएगा बट ये उन्नीस है ना वो बीस तुम सारा वेट डालते हो इस पर लेफ्ट साइड पे लेफ्ट साइड पे इसलिए मसल ज्यादा डेवलप हो रही है फिर मैंने कहा तुम्हारा इस पर कंट्रोल दिया इसलिए मैं बोल रहा हूँ तुम्हारा फोकस को ही नहीं सकता अगर हो सकते हो बस बहुत लेकिन, लेकिन खराब है आ, तो झुका ही रहेगा ना जी जी जी तो तुम तो उसको कैसे ठीक कर लोग अंदर से डंडित तो मतलब कुछ सोल्यूशन कुछ है या कर सोल्यूशन है? है और पहले तो पहला सोल्यूशन तो वो ये तुम समझ जाओ जी जी जी कई सारे लोगों को समझाने के बाद भी नहीं समझ आता सोल्यूशन तो उसके बाद आएगा ठीक है बैठो मैंने जस्टमेंट तुम्हारा कर दिया है ठीक है भी Relax, Relax, okay, nice. इसको, इसके अलावा भी और भी चेंजेस हैं ठीक है तुम्हारा ये टखना देखोगे राइट वाला टखना देखो ज्यादा बाहर नजर आ रहा है लेफ्ट के कम्पेरिजन में उप, तो आता। आता, साम, इसका सोल्यूशन होता है इंसोल जूते के अंदर इंसोल करनी पड़ती है इन सोल हाँ अच्छा ठीक है ठीक है और ये ठीक भी हो जाएगा ज्यादा खराब नहीं हुआ होगा तो पूरा अपने इन सोल के लिए मतलब कि अच्छा इन सोल जो आप कह रहे हो मतलब शूज के अंदर जो पहना जाता है हां वो आते, आते तो हैं ठीक है वो पहनूं तो आ, आते नहीं है वो खास के लिए बनाकर देने पड़ते हैं अच्छा अच्छा तो अगर इसे मैं को तो बनवाना हो आप आप बनवा लेते हैं ये के बनाते हैं पता मिनट में अच्छा ये है 8500 का 8500 का अच्छा इनसोल तो अभी तो मेरे पास है यार अगर आपको ऑर्डर दे दूं नहीं तुम्हें आना पड़ेगा तो हाँ। क्योंकि इसका बता दूंगा मैं मेरा काम हो गया ठीक है अब तुम्हारा काम बाकी है ठीक है ठीक है ठीक है अब तुम कैसे क्या करोगे आपने बता दिया तो ठीक है मेरे को एक्चुअली अब कंटिन्यूसली में रोज जाता ही और इस चीज में अगर ये है इंसोल रिमोल्डेबल इंसोल है हाँ जी ये इसका मतलब भी होता है रिमोल्डेबल का कि आज जो शेप देंगे वो शेप जिंदगी भर नहीं पहनोगे कल बेटर भी तो होगी तो वो शेप और इंप्रूव करके देंगे अच्छा तीन महीने में छह महीने में फिर तो एक्चुअली ये मेरे को पूरा मतलब जैसा आप कह रहे हैं ये जो आपने मेरे को प्रॉब्लम मतलब जो नॉन प्रॉब्लम नहीं ये आपने जो बताया मेरे आप जैसे इंसोल आपने बताया तो ये मेरे को को मतलब पड़ेगा के लिए उसके इतना तो दूर किसी को नहीं, पता नहीं आप एक साल दो साल का तो टारगेट कर सकते हो जी जी, जी। दस साल आगे क्या होगा ठीक है ठीक है, है आईडियली काम हो जाएगा फिर देख लेंगे एक साल बाद जरूरत है या नहीं ठीक है ठीक है तो नहीं पहनोगी जरूरत होगी तो पहनोगी होगा ठीक है ठीक है तो डन न सर ठीक है तो नेक्स्ट टाइम मैं कब विजिट करूँ मतलब नेक्स्ट मंथ जब मैं आज शाम को आ जाऊँ आज शाम को तू नहीं वीकली आ जाएगा ठीक है ठीक है, है, है, है, है सबसे बेटर वही रहेगा ठीक जब तक कि तू और बेटर नहीं हो जाएगा ठीक है सर ठीक है ठीक है ओके थैंक यू बाय बाय थैंक यू सो मच सर